तो बना लू मगर इनको प्यार हो जाता मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं